हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि यूट्यूब हैश कैसे होते हैं कभी भी वीडियो को रैंक करवाने के लिए आपने नया चैनल बनाया आप YouTube पे वीडियो पे वीडियो डालते जा रहे हो लेकिन आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही तो इसके लिए सबसे मेन पर्पज होता है जो मेन कारण होता है आपकी वीडियो वायरल होने का वो होता हैश टैग हम वीडियो तो डाल देते हैं लेकिन हमारी वीडियो रैंक नहीं करती जब भी हम वीडियो डालते हैं अगर वही हम टे, जो टैट उसका डालते हैं नीचे आती है, तो वहां पे करने के अगर आपकी वीडियो आएगी तो ऑटोमेटिकली वो रैंक करेगी तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड अपना हैश टैग डालना है जैसे फ्रेंड मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ जैसे मेरा टाइटल है हाउ टू वेर वीडियो है ना मतलब हाउ टू मतलब इस टाइप का जो मेरी वीडियो का टाइटल है उसको हमने कैसे बनाना है? क्या होता है, जिस भी हमारी जो वीडियो का हम टाइटल है जो टाइटल है मतलब मतलब कि भी भी मैं आपको और एग्जांपल के के साथ बता देता हूं जैसे कैनन 9D, एक उसको हम हैश टैग कैसे लगाएंगे तो इस तरीके से आपने मतलब के एक बीवर के तरीके से सोचना है अगर आपने कैनन के बारे में कुछ जानना है तो आपने किस तरीके से उसको सर्च कर सकते हो तो इसके लिए फ्रेंड मैं आपको अपने के साथ में मोबाइल स्क्रीन ऑन कर लेता हूं और साथ में मैं बताता हूं आपने कैसे लगाना है, हैश टैग क्या होता है सबसे पहले तो ये बात है ऑन करने से पहले बताता हूँ हमारी जो टेटला वो किस तरीके से कौन से की से सर्च होगी कैनन 90 रिव्यू एक हैशटैग हो गया इस तरीके से कितने तरीकों से मतलब हम इसको सर्च किया जा सकता है इसके लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जैसे टी है बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी जिसकी मदद मतलब से हम हैशटैग टैग मतलब के ढूंढ सकते हैं अपनी वीडियो के लिए लेकिन बहुत झंझट भाई बात हो जाती है आज की वीडियो में मैं क्लियर और शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ जो मतलब बहुत ज्यादा वर्क करता है आपने कैसे हैश लगाना है ठीक है फ्रेंड चलो मैं ले चलता हूँ आपको यूट्यूब पे यूट्यूब पे जैसे फ्रेंड मैं अपना रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ यूट्यूब पे यूट्यूब पे मैंने कैन 9D के बारे में मतलब कुछ जानना है तो आपने सिंपली सर्च बार में डाल देना है कैनन ये मैं साथ में आपको डाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आता रहे नाइन और उसके बाद हम कर देते हैं नाइन तो आपको आप जहां से फ्रेंड देख रहे हो जी इतने जो आ गए लोग किन तरीकों से मतलब YouTube पे ऑल इंडिया में सर्च करते हैं 90 90 90 कैमरा Canon 9D, Canon 9D रिव्यू नाइन 90 फोटोग्राफी कैन 90 डी टेस्ट नाइन 90 मार्कली मार्क टू कैन 90 डी अनबॉक्सिंग मतलब इस तरीके से इसको हम पूरों को अपने हैशटैग में मतलब लगा सकते हैं इसको हैशटैग लगाइए इसको आप अपने टाइटल में एड कर दीजिए इसमें कम से कम एक हैश जो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं जो हम अपने तो ये स्वाभाविक नाइन डी कैन मतलब किसी ने मतलब किस तरीके से हमेशा विवरकित मतलब को समझना आपकी किस तरीके से आपने अगर कैनन नाइनडी कैमरा लेना है कोई नॉलेज आपने लेनी है कैनन नाइनटी के बारे में तो आप उसको किस तरीके से मतलब के सर्च कर सकते हो क्या पता आपके दिमाग में किस तरीके नाइन डी कैन कैमरा ऐसा भी हो सकता है आपने जहां से 9d डी कैन पा देना नाइन और उसके बाद आपने क्या कर देना कैन डाल देना है ठीक है मैं जहा आपको साथ में लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ जैसे 9d डी आ गया ठीक है तो ये मैं डाल के दिखा रहा हूँ इसके बाद फिर ये आ गया मतलब की जे जी आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रही है पूरे हैश इन हैश को आप और मान लो कि डिस्क्रिप्शन में और हैशटैग में इसको लगा के रखिए उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है आप जहां पे एक है उसके बाद डालना है बगैर स्पेस दिए जैसे कैन कैन 9D बगैर स्पेस दिए ठीक है तो इस तरीके से भी आप एक दो हैशटैग टैग डिस्क्रिप्शन में और एक कम से कम टेटर में भी लगा के रखो इससे चांस ये होते हैं फ्रेंड बहुत सारे आपकी वीडियो रैंक करने की चांस बहुत ज्यादा होते हैं यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो बहुत सारे तरीके बताते हैं सर ऐसा करो वैसा करो आपने भी देखा होगा आपने अगर ये हैश टैग की वीडियो आप ढूंढ रहे होगी कैसे लगाना है आपने कम से कम कितनी वीडियो देखी होगी उसके तरीके से आपने हैश लगाने की कोशिश भी की होगी लेकिन आपकी वीडियो रैंक ही नहीं करती आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में आती नहीं है तो बहुत ही आज की वीडियो में मैं पूरा इसका एक्सपेरिमेंट करके मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ ताकि आपके पास कंप्लीट नॉलेज पहुंच सके और कंप्लीट आप अपनी वीडियो को रैंक करवा सको और यूट्यूब पे एक सक्सेस यूट्यूबर बन सको ठीक है फ्रेंड अगर आपको इस तरीके से कोई और भी क्वेश्चन है आपके समझ में नहीं आ रहा सर ये कैसे वर्क करता है आप कभी भी नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो अगर नहीं वर्क करा तब भी आप मुझे बता सकते हो सर आपका जो बताने का तरीका जो आपने बताया बहुत रॉन्ग है आप एक वीडियो बनाते हो मुझे फ्रेंड बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आप अगर मेरे वीडियो के बारे में रिव्यू दोगे तो मैं इसमें और भी सुधार कर सकता हूँ और भी इसको और एक्सपेरिमेंट करके आपके सामने और डीप ला सकता हूँ फ्रेंड कमाल की वीडियो है इसको शेयर जरूर करता है करो क्योंकि फ्रेंड हमारे जैसे जैसे मैं भी एक नया यूट्यूबर हूं एक नए यूट्यूबर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है अभी उसको अपना सक्सेस यूट्यूबर कैसे बन सके जो सक्सेस होती है जिसके लाखों के हिसाब से सब्सक्राइबर होते हैं उसको इतना हैश है की इस सबकी जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके तो ऑलरेडी बहुत सारे मान लो के सब्सक्राइबर होते हैं यूट्यूब उसको ऑटोमेटिकली वायरल कर देता है जो नए यूट्यूबर होते हैं नई वीडियो डालते हैं मेहनत उसकी बहुत ज्यादा होती है कंटेंट में दम उसके बहुत ज्यादा होता है तो उसके चांस के बहुत कम हो जाते हैं इसके लिए जरूरी है हैशटैग हैशटैग अच्छा लगाओ तो मतलब कई -E बार ज्यादा पढ़े लेकिन नहीं होते हो किसी और तरीके से जैसे सी एन एन भी पा देते हैं कैन मतलब की इस तरीके से आप की वर्ड लगाओ उस वीडियो में और टाइटल उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग में आप ये सारे कीवर्ड वर्ड करो तो आपकी वीडियो डेफिनेटली करेगी मेरा आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ उम्मीद करना फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे बता देना आपको कौन सी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है तो ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेके आ सकू थैंक यू फ्रेंड मिलते अगली वीडियो आ पाए